परासिया में मिट्टी के महत्व को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया और युवा नेता सौरभ बावरिया ने छोटी छोटी कन्याओं को मिट्टी की गणेश प्रतिमा का वितरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात पर मिट्टी का महत्व बताया था इसी मिट्टी को लेकर परासिया में भाजपा के पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया और युवा नेता सौरभ बावरिया ने मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं छोटी छोटी कन्याओं को बांटी और एक पहल की जिससे लोग हमेशा मिट्टी की ही मूर्ति बनवाएं और पूजन करें। इस दौरान पूर्व विधायक ने भगवान गणेश की गाथा बताई और छोटी छोटी कन्याओं को चुनरी और तिलक के साथ मूर्ति वितरण किया इसलिए कल गणेश चतुर्थी पर्व है हमारे देश के उसी प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में देशवासी ऐसी अपील की है की हम लोग अपने घरों में गणेश जी की स्थापना करते हैं तो मिट्टी के गणेश जी की स्थापना करें और इसलिए कन्या स्वरूप को आज यहां हमने संस्कार लाने आमंत्रित किया इस कार्यक्रम का में सभी सौरभ के द्वारा और यहां पर हमने छोटी छोटी कन्याओं को गणेश जी की मिट्टी की प्रतिभा यहां पर हमारे सब विचार परिवार के लोगों के समूह उनको भेंट की है उनसे आग्रह किया है कि गणेश सिद्धी के दाता भगवान गणेश की पूजा अपने घरों में करें